पानीपुरी का धंधा करने वाले अंचल गुप्ता ने अपनी बिटिया अनोखी का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया और आम लोगों को एक लाख से ज्यादा पानीपुरी फ्री में खिलाई मौके पर इलाके के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा पहुंचे और उन्होंने पानीपुरी खाने के साथ लोगों को भी पानीपुरी खिलाई भोपाल के बंजारी चौराहा का नजारा अलग दिखा यहाँ लगने वाला पानीपुरी का ठेला रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हुआ था 50 मीटर लंबे टेंट में लोगों की भीड़ थी खुशी खुशी बच्चे बड़े व बुजुर्ग पानीपुरी खाते हुए दिखे मौका था पानीपुरी का ठेला लगाने वाले अंचल गुप्ता की बेटी अनोखी के पहले जन्मदिन का बिटिया के जन्मदिन की खुशी में अंचल ने एक लाख पानीपुरी लोगों को निशुल्क खिलाई पानीपुरी खिलाकर उन्होंने समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अनूठा संदेश दिया पानी पूरी का धंधा करके महीने का 15 से अठारह हजार रुपए कमाने वाले अंचल गुप्ता ने अपने बेटी का जन्मदिन विशेष तरह से मना कर यह संदेश दिया कि बेटियां भी वरदान है उन्होंने दोपहर 2 दो से 6 बजे तक एक लाख एक हजार पानीपुरी खिलाने का लक्ष्य रखा था साढ़े छह बजे तक लोगों ने एक लाख पानी पूरी खाई वही एक पानी पूरी उन्होंने जरूरतमंद लोगों को बांट दी विधायक रामेश्वर शर्मा भी वहां पहुंचे और अंचल गुप्ता की इस पहल को सराहते हुए उनकी बेटी को आशीष दिया इस अवसर पर विधायक की मौजूदगी में कार्यक्रम स्थल पर अनोखी के जन्मदिन का केक भी काटा गया विधायक शर्मा ने खुद भी स्टॉल पर पहुंचकर लोगों को पानीपुरी बांटी बीते साल बेटी पैदा होने की खुशी में गुप्ता ने पचास हजार निःशुल्क पानीपुरी लोगों को खिलाई थी